वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों के राजा की उपाधि प्राप्त है शास्त्रों में दर्शकों सूर्य को काल पुरुष की आत्मा का प्रतीक माना गया है सूर्य आत्मा पिता शक्ति सरकारी पद प्रतिष्ठा चरित्र और जो सरकारी सेवा होती है इसके कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं सूर्य सिंह राशि के स्वामित्व तो इनको प्राप्त है मेष राशि में परम उच्च के होते हैं और तुला राशि में ये नीच के होते हैं प्रिय दर्शकों सूर्य देव दिनांक चौदह मार्च 2020 शनिवार को दोपहर ग्यारह बजकर 45 मिनट को मीन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य देव अपने मित्र गुरु के स्वामित्व वाली मीन राशि में दर्शकों देखिए प्रवेश करेंगे मीन राशि एक जल तत्व की राशि है इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य ग्रह का प्रवेश जल तत्व प्रधान राशि में होगा इसके साथ ही मलमास की पुरुषोत्तम मास की प्रारंभ हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा शास्त्रीय मान्यता के अनुसार मास जिसको बोलते हैं, मलमास बोलते हैं हैं, मलमास तो इसमें नामकरण विद्या आरंभ कर्ण छेदन अन्न प्राशन चौल कर्म उपनयन संस्कार विवाह संस्कार ग्रह प्रवेश तथा वास्तु पूजन आदि मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से वर्जित बताए गए हैं करना ही नहीं है तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का यह गोचर कैसा रहेगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे तो मेष राशि के जातकों आपकी राशि से सूर्य देव पांचवे भाव के देखिए स्वामी बन रहे हैं वहीं सूर्य का गोचर कुंडली के आपके बारहवें भाव से होगा पंचम स्थान के मालिक बारहवें भाव से गोचर करेंगे जन्म कुंडली का बारहवा भाव दर्शकों वह स्थान कहलाता है और इसका संबंध जीवन के खर्च व्यय भोगविलास राज्य का भय होता है जेल आ, का भी जो है जेल का विचार किया जाता है कि जातक जेल जाएगा कि नहीं कारावास योग है कि नहीं है द्वादश स्थान से इसका विचार होता है विदेश यात्राएं देखी जाती हैं कि जातक तक विदेश यात्रा कर, जो है करेंगे तो द्वादश स्थान से जो है विचार किया जाता है साथ ही साथ आ, सयाह सुख का भी स्थान होता है आपके नुकसान का होता है हानि जैसे क्षेत्रों को भी ये स्थान बारवा स्थान प्रतिनिधित्व करता है सूर्य का ये गोचर आपके करियर का प्रतिकूल जो है करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हुए दिखाई दे रहा है हालांकि विदेश से संबंधित कार्य करने वाले जातकों को लाभ मिलने की यहाँ पर संभावना रहेगी उनको लाभ मिलेगा व्यापार की बात करें तो सूर्य आयात निर्यात से संबंधित कारोबार में बेहतर उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने का यहाँ पर काम करेगा या यूँ कह ले ये गोचर जो रहेगा ये कारोबार में बेहतर उन्नति के लिए बढ़िया रहेगा हालाँकि इस दौरान वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से अधिक धन खर्च और अधिक मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत रहेगी प्रेम व वैवाहिक संबंधों के मोर्चे पर संयम रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं क्योंकि मेष राशि जो ज्योति कुंडली के बारहवें भाव में बैठे सूर्य प्रेम व वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल यहाँ पर प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है जो विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, निश्चित रूप से उनको जो है आ, क्या कहते हैं अच्छी सफलता प्राप्त होगी वही अन्य छात्रों को परीक्षा में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत प्राप्त करनी होगी या यूँ कह उनको बहुत अधिक हार्ड वर्क करना रहेगा इस दौरान मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य भी इनको विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पुनः उभरने की संभावना रहेगी उपाय के तौर पर आप लोग प्रातः काल भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सकते हैं याज्ञ वल्लक कृत्य आप लोग सूर्य कवच का पाठ जरूर करिए वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं देखिए वृषभ राशि के सूर्य देव आपकी राशि से चौथे भाव जो है चौथे भाव के स्वामी हैं और इनका जो संचरण रहेगा ये आपकी जन्म कुंडली के ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे जन्म कुंडली का इलेवेंथ हाउस ग्यारहवा भाव ये लाभ स्थान हो करके दिन प्रतिदिन के लाभ आपकी इच्छा शक्ति मांगलिक कार्य यश कीर्ति सार्वजनिक जीवन आप अधिक लाभ कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे आपकी महत्वाकांक्षा क्या है और आप कितना ज्यादा विकास करेंगे इन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का जो है संबंध रखता है सूर्य देव का ये गोचर आपके करियर के क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करने वाला है इसी के साथ उन्हें कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियों से भी नवाजा जा सकता है सूर्य देव के इस गोचर से व्यापार से संबंधित यात्राओं की सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं आप लोग यात्रा करेंगे उसमें निश्चित सफल होंगे साथ ही व्यापारी वर्ग जातकों के लिए तमाम लाभ के मौके बनते हुए दिखाई पड़ना ऐसी संभावनाएं जताई जो है दिखाई दे रही है सूर्य के मीन राशि में गोचर के दौरान प्रेम व वैवाहिक रिश्तों में भी आप लोगों के गर्म जोशी बनी रहेगी इस दौरान प्रेमी युगल रिश्ते को नए स्तर पर ले जा सकते हैं उन विवाहित जातकों के लिए भी समय अनुकूल नज़र आता है जो गर्भाधान की तैयारी में जुटे हैं छात्र पढ़ाई पर पर ध्यान केंद्रित करते हुए यहां पर दिख रहे हैं और उन्हें वांछित सफलता प्राप्त होगी वृषभ राशि के जातकों स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि आपके लिए उत्तम रहने वाली है साथ ही साथ उपाय आपको करना क्या होगा तो देखिए इस गोचर की अवधि में आप लोग सूर्य देव के वैदिक मंत्रों का प्रतिदिन जाप करिए सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके साथ ही साथ जल में लाल पुष्प डाल करके आप लोग भगवान भास्कर को अर्घ जरूर दीजिए प्रिय दर्शकों आप तमाम दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी राशिफल किस पर आधारित है तो ये आपकी चंद्र राशि पर राशिफल आधारित है यात्रायाचरे जन्म राशि ना यात्रा प्रधानत्म नाम राशि न ना चिंतित तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए साथ ही साथ सिर्फ सूर्य को मानक मान करके ही ये राशिफल तैयार किया गया है आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए इसके लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके प्रोसेस पूछ सकते हैं मिथुन राशि के जातको कैसा रहेगा सूर्य देव का मीन राशि में ये गोचर अग्नि तत्व के ग्रह जल तत्व में आ रहे हैं क्या रहेगा है? तो मिथुन राशि के ऐसे देखिए तीसरे भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और उनका गोचर कुंडली के दसवें भाव में हो रहा है अब दर्शकों हमने आपको तमाम चीज बार बताया है कि जन्मकुंडली के दसवा भाव कर्म स्थान होकर के आपके कर्म को आपके व्यापार को आपके करियर को आपके पद को आपके वैभव को आपकी समृद्धि को सर्वोच्च सत्तापद सार्वजनिक जीवन और मान सम्मान से संबंध रखता है दसवाभाव सूर्य का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कुछ अनुकूल प्रभाव डालने वाला रहेगा इस दौरान आपको करियर के क्षेत्र में जहां लाभ मिलने की संभावना है वहीं इस दौरान आपको सहकर्मी वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने के भी संकेत है कोई प्रमोशन इत्यादि इस दौरान आपका हो सकता है सूर्य के मीन राशि में गोचर के दौरान व्यापार में भी लाभ होने की संभावना देखिए व्यापार सातवें जो है स्थान से देखा जाता है और दसवें स्थान से भी देखा जाता है तो व्यापार के आपके विस्तार होगा साथ ही साथ प्रेम संबंधों पर भी सूर्य के गोचर के अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे और इस दौरान आपको अपने साथी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की भी संभावना रहेगी विवाहित लोगों के लिए भी ये दौर काफ़ी अच्छा और सकारात्मक रहने वाला रहेगा इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का भरपूर समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वैवाहिक जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या का छुट्टियों में समाधान आप लोगों के होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं छात्रों को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़े से कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी स्वास्थ्य के लिहाज से सूर्य का मीन राशि में गोचर लाभकारी रहेगा और अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा उपाय के तौर पर आप लोगों को करना क्या रहेगा तो प्रत्येक रविवार आप लोग नमक एवाइट कर दीजिए बस इतना छोटा सा आप लोगों को कार्य करना रहेगा कर्क राशि की ओर चलते हैं देखिए सूर्यदेव कर्क राशि के दूसरे भाव के स्वामी हैं और उनका जो गोचर होता है ये नवे भाव में हो रहा है कुंडली का नवा भाव जी हाँ दर्शकों नौ भाव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये जो भाव होता है ये आपके भाग्य स्थान का होता है साथ ही साथ आप कितने धार्मिक होंगे गुरु आध्यात्मिक भाव भी होता है विदेश यात्रा भी देखी जाती है वैभव कैसा रहेगा संन्यास और दक्षिण भारत में इसे पिता के स्थान के रूप में देखिए मान्यता प्राप्त है वहीं उत्तर भारत में पिता का स्थान दसवा भाव माना जाता है कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय सामान्य परिणाम देने वाला हो सकता है साथ ही साथ इस दौरान करियर पर आगे बढ़ते समय आपको आवश्यक सावधानियां रखने की आवश्यकता रहेगी इस दौरान इसकता आपको जो है दिखाई पड़ रही है इस दौरान व्यापार से जुड़े कानूनी मुद्दे आपको मानसिक तौर पर, पर परेशान कर सकते हैं वही प्रेम संबंधों में भी गर्मजोशी बनाए रखने के लिए आपको अपने साथी के प्रति अधिक समर्पण दिखाने की सितारे सलाह दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने जीवन साथी के प्रति अधिक समर्पण और आत्मीयता का भाव दिखाना पड़ेगा हालांकि इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में कुछ भावना प्रधान मुद्दों के उभरने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य का ये गोचर तनावपूर्ण थोड़ा सा रह सकता है इस दौरान अपने रिश्तों को मजबूत करने और साथी का पूरा समर्थन प्राप्त करने में थोड़े से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है छात्रों के लिए यह दौर बिल्कुल उचित नहीं है परीक्षा के दौरान अत्यधिक तनाव आप लोग महसूस करते हुए दिखाई पड़ेंगे कुछ छात्रों के पढ़ाई से दूर होने की भी यहाँ पर संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संकेत ये गोचर लेकर के आया है अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रख जो है रखें गुर्दों से संबंधित किडनी जो है स्टोन से रिलेटेड किडनी से रिलेटेड आपको कोई समस्या आ सकती है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा देखिए महामृत्युंजय मंत्र इसका आप लोगों को 108 बार जाप करना रहेगा साथ ही साथ आप लोगों को हर रविवार प्रत्येक संडे रोटी में थोड़ा सा गोल डाल करके गाय को लाल गाय को जरूर खिलाइएगा सब कुछ बढ़िया होगा अगली राशि आती है ये आती है हमारी सिंह राशि देखिए सिंह राशि के जात को सूर्यदेव का जो गोचर होगा ये कुंडली के आपके आठवें भाव मतलब आयुष स्थान पर हो रहा है कुंडली का आठवा भाव आयुष भाव के नाम से जाना जाता है मतलब इसका सीधा सा संबंध जो जातक होता है जन्म मरण से जातक के मृत्यु से रिलेटेड आपके विरासत से रिलेटेड दुर्घटना से रिलेटेड भयंकर नुकसान से रिलेटेड वैराग्य से रिलेटेड अकल्ट फील्ड से रिलेटेड सोसाइट से रिलेटेड अप्रत्याशित मौत भूमि का धन आकस्मिक धन लाभ रहस्य लंबी बीमारी और महिलाओं के लिए पति की उम्र से होता है कुंडली के आठवें भाव को मृत्यु स्थान के नाम से भी जाना जाता है सूर्य का मीन राशि में गोचर कुंडली के इसी आठवें भाव में हो रहा है करियर पर इसके प्रभावों की यदि हम बात करें तो इस दौरान आपको अपेक्षित सफलता मिलने की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है लेकिन यदि आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे वरिष्ठ या उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा व्यापार के क्षेत्र में भी अपेक्षित लाभ की संभावना यहाँ पर कम है इसके अतिरिक्त इस दौरान व्यापार से संबंधित अतिरिक्त खर्च की भी संभावना रहेगी प्रेम संबंधों पर भी सूर्य देव का ये जो गोचर रहेगा अनुकूल प्रभाव जो है डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस दौरान आपको अपने प्रेम संबंधों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी इस अवधि के दौरान आपको अपने रिश्ते में रोमांस की कुछ कमी नज़र आती हुई दिखाई पड़ रही है विवाहित दंपतियों को इस दौरान धैर्य और शांति से अपने रिश्ते को अधिक समय देने के सितारे सलाह दे रहे हैं वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी सावधानी बरतने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आप लोगों को करना क्या रहेगा तो देखिए सबसे पहले आप लोग सुबह जब उठते हैं तो भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए और तीन बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप लोग प्रतिदिन करिए अगली राशि आती है कन्या राशि कन्या राशि के जात को सूर्य का सप्तम भाव में गोचर आपके हो रहा है सूर्य कन्या राशि के बारहवें भाव के स्वामी भी हैं और कुंडली का सातवा भाव बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान है इसे कलत्र स्थान के नाम से भी जाना जाता है सातवे भाव का संबंध पति पत्नी हिस्सेदार साझेदार आपके दाम्पत्य सुख आपकी सेक्सुअल पावर सार्वजनिक एवं सामाजिक जीवन आपके प्रजनन संबंधी अंगों का तलाक और जो समुद्र में सफर करते हैं जो शिप के पायलट होते हैं उनसे होता है कन्या कुंडली के सातवें भाव के स्वामी के गुरु हैं और इसी में सूर्य का गोचर हो रहा है कैरियर के क्षेत्र में इस दौरान वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता होगी इस दौरान कार्य स्थल पर वांछित सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होने वाली है व्यापार में भी प्रतिकूल परिस्थितियां आप लोगों के निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है के इस गोचर के दौरान साझेदारी व्यापार में साझेदारों के साथ अंडमन की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस दौरान किसी भी साझेदारी के कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन है अर्थात साझेदारी से आप लोगों को बचने के सलाह दे रहे हैं प्रेम संबंधों पर यदि हम बात करें तो इस गोचर को जो है देखें तो औसत परिणाम आपको मिलेगा इस दौरान प्रेम प्रस्ताव के असुकार जो है अगर आप किसी को प्रेम प्रपोजल भेजेंगे तो वो अस्वीकार हो जाएगा उसको एक सिरे से खारिज कर देंगे विवाहित या घरू घरेलू मोर्चे पर भी इस दौरान शांति और धैर्य रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं जीवन साथी के साथ रिश्तों में कुछ खटास आने की संभावनाएँ रहेंगी पिता के साथ बात विवाद से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी आपको सावधान और सतर्क रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो प्रयास ये करिएगा कि याज्ञवल्लक सूर्य कवच का आप लोग प्रतिदिन पाठ करिए अगली राशि आती है तुला राशि देखिए तुला राशि के जातकों तुला राशि से चूंकि ग्यारहवें भाव के स्वामी सूर्य हैं और उनका गोचर कुंडली के छठे भाव में हो रहा है अब समझिए कि जन्म कुंडली का छठा भाव शत्रु स्थान हो करके जीवन की पीड़ा रोग की अवधि कितने दिन रहेगी आपके शत्रु कैसे रहेंगे दैनिक कार्य बीमारी कर्ज उधार लेन और ऑपरेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से संबंध रखता है कुन, राशि कुंडली के ग्यारहवे भाव के स्वामी भी देखिए यहाँ पर सूर्य है इसलिए इस, इस स्थान से संबंध रखने वाले क्षेत्रों पर सूर्य के गोचर का प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा सूर्य का शत्रु स्थान पर गोचर तुला राशि के कुंडली के जो है जो जिनकी तुला राशि के जातकों की कुंडली है उनमें अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आता है इस दौरान तुला राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में सफलता मिलते हुए नजर आ रही है इस अवधि में तुला राशि के जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ आंतरिक पदोन्नति मिलने की भी संभावना रहेगी व्यापार के क्षेत्र में तुला राशि के जातकों का सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है राश के जातकों के व्यापार में वांछिक वृद्धि होती हुई दिख रही है सूर गोचर की, प्रेम की के लिए बेहतर रहने वाली जीवन में प्रेम और शांति बनी रहेगी आपसी तालमेल और मानसिक शांति का अनुभव यहाँ पर आप लोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा परिणाम मिलेगा छठा स्थान जो होता है प्रतियोगी परीक्षाओं का भी होता है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे स्वास्थ्य के भी आपके बेहतर बने रहने के संकेत है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आप लोग जो है रविवार वाले दिन सवा किलो मसूर की दाल और सवा मीटर लाल रंग का कोई भी वस्त्र जरूर दान करें किसी युवक को वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं वृश्चिक राशि से देखिए दसवें भाव के स्वामी देव सूर्य भगवान है और उनकी कुंडली के पांचवें भाव में संचरण हो रहा है कुंडली का पांचवा भाव संतान व विद्या भाव के नाम से जाना जाता है इसका संबंध संतान का के व्यवहार जन्म और सुख से होता है साथ ही साथ यह भाव मंत्र और तंत्र का ज्ञान का गूढ़ ज्ञान का उपासना का सट्टे का जुए का लॉटरी का और शेयर मार्केट का होता है गर्भावस्था आध्यात्मिक ज्ञान स्मरण शक्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से पंचम भाव संबंध रखता रह है वृश्चिक राशि के जातकों कुंडली के पांचवे भाव में सूर्य देव का ये गोचर जातकों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत परिणाम देते हुए नजर आ रहा है इस दौरान आपके संवाद कौशल में सुधार होते हुआ नजर आएगा कार्य के अधिक दबाव के बावजूद परिस्थितियों को संभालने में आप लोग सक्षम रहेंगे व्यापार में वांछित लाभ की संभावना कम नजर आती है साझेदारी व्यापार मुश्किल दौर से गुजरेंगे साझेदारी भंग होने की भी यहाँ पर संभावना है प्रेम संबंधों के लिहाज से ये दौर जो रहेगा ये थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा हालाकि आप अपने जो पार्टनर हैं उनको अपने दिल की बात बता सकते हैं और किसी नए प्रेम संबंधों की भी स्थापना हो सकती है विवाहित जातकों के लिए भी यह दौर कुछ तनावपूर्ण रहने वाला है दांपत्य संबंधों में आप लोगों के कुछ कटता आ सकती है अप्रिय स्थिति से बचने की कोशिश करने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं जीवनसाथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस में पड़ने से बचिएगा शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है छात्रों को तनाव से बचने के यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं स्वास्थ्य के मुद्दे पर सजग रहने की आप लोग कोशिश करें तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो जल में गुड़ डाल करके आपको भगवान भास्कर को अर्घ देना रहेगा हमारी जो अगली राशि आती है याती आती धनु राशि दे धनुराशि देखिए धनुराशि से नवे भाव के स्वामी सूर्य हैं और उनका गोचर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से हो रहा है सीधा सीधा समझिए कुंडली का चौथा भाव ये जो भाव होता है ये सुख का स्थान होता है और आपकी बुद्धिमत्ता का होता है मकान के सुख का होता है वाहन के सुख का होता है जमीन का होता है तृष्ठा का होता है लालसा का होता है महत्वाकांक्षा का होता है चल अचल संपत्ति से भी ये भाव संबंध रखता है धनु राशि के जातकों सूर्य का मीन राशि में गोचर अनुकूल कुछ हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है सूर्य गोचर की अवधि में आपको अपने शब्दों का बेहद ही सावधानी के साथ उपयोग करने की सितारे सलाह दे रहे हैं इस दौरान कैरियर के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह दौर आपको लाभ थोड़ा सा देता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत अधिक लाभ नहीं होगा इस दौरान आपको कार्यस्थल बदलने से बचने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं वित्तीय स्थिति की यदि हम बात करें तो वित्तीय मोर्चों पर आपके गलत निर्णय आपकी प्रगति में बाधा डालने का काम कर सकते हैं प्रेम संबंधों के लिए भी यह दौर काफ़ी नाजुक और संवेदनशील रहने वाला है यह अवधि प्रेम प्रस्ताव के लिए बेहद ही नकारात्मक यहाँ पर नजर आ रही तो किसी भी प्रकार के प्रेम प्रस्ताव देने से बचिएगा प्रेमी या प्रेमिका की ओर से प्रस्ताव को ठुकराने की भी यहाँ पर संभावना होती हुई दिखाई दे रही है वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है आप लोगों को उपाय क्या करना होगा देखिए सबसे पहले रविवार वाले दिन तीन बार आदित्य हृदय स्त्रोत का आप लोग पाठ जरूर कीजिए साथ ही साथ सवा किलो गेहूँ सवा किलो लाल मसूर की दाल और एक डिब्बी लाल कुमकुम -कुम जिसको रोली बोलते हैं ये आप लोग मंदिर या धर्म स्थान पर जाकर के दान जरूर दीजिए आप लोगों को मानसिक शांति का अनुभव होगा तो धनु राशि के बाद जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है कैप्रिकॉन अर्थात मकर राशि तो मकर राशि के जात को सूर्यदेव का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है और मकर राशि से आठवें भाव के स्वामी देव सूर्यदेव बनते हैं कुंडली का तीसरा स्थान देखिए दर्शकों को पराक्रम स्थान होकर के आपके पराक्रम का प्रतिनिधित्व साहस आपके दोस्त कैसे रहेंगे फ्रेंडशिप सर्किल लघु प्रवास संगीत महत्वपूर्ण बदल दलाली और शौर्य जैसे क्षेत्रों से संबंध रखता है सूर्य का मीन राशि में गोचर कुंडली के तीसरे भाव में आपके होने वाला है सूर्य का पराक्रम स्थान पर होना कैरियर के लिहाज से लाभकारी परिणामों की ओर इशारा करता है इस दौरान कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है इस अवधि में आप खुद को अधिक ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे आपके अंदर अचानक से उत्साह बढ़ेगा व्यापार के क्षेत्र में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना रहेगी इस दौरान आपके पेशेवर कौशल में वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही साथ ही साथ व्यवसायिक सौदों के फलीभूत होने की भी उम्मीद है प्रेम संबंधों के लिए यह दौर प्रेम पूर, पूर और आनंददायक रहने की उम्मीद है सूर्यदेव के इस गोचर के दौरान आप अपने साथी के साथ किसी लंबी यात्राओं का भी आनंद ले सकते हैं लघु प्रवास भी कर सकते हैं यह समय प्रेम प्रस्ताव के लिए सकारात्मक स्थिति का निर्माण करेगा किसी को यदि आप लव प्रपोजल करते हैं तो उनकी तरफ से हाँ होगी वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा जो जातक शादी के लिए उपयुक्त साथी की तलाश में थे उन्हें लाभ मिलने की संभावना है किसी उपयुक्त साथी से उनका जो है विवाद तय हो सकता है शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आप लोग जो है गायत्री मंत्र का जाप सूर्य देव के समक्ष बैठकर के करें एक्वायर्स कुंभ राशि देखिए कुंभ राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे सूर्य और सूर्य आपकी कुंडली के सातवें भाव के स्वामी भी हैं कुंडली का सातवा भाव वैवाहिक जीवन और कुंडली का दूसरा भाव जो होता है यह होता है धन का कुटुम्ब का Uh, कुटंब के स्थान के नाम से भाव जाना जाता है इसका संबंध व्यक्ति के धन चल अचल संपत्ति से कुठा से वाड़ी से धन का संग्रह संचित धन कितना करेंगे साथ ही साथ गोल्ड वगैरह भी देखा जाता है मड़ी रत्न और लाभ हानि से होता है सूर्य का मीन राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर औसत प्रभाव डालने वाला रहेगा इस गोचर के दौरान कैरियर के क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कार्य स्थान में परिवर्तन की संभावना रहेगी इस दौरान स्थानांतरण की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी व्यापारी वर्ग को धैर्य और शांति बनाए रखने की जरूरत रहेगी इस दौरान ग्राहकों या विक्रेताओं से झड़प की संभावनाएं संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है व्यापार के क्षेत्र में किसी भी बड़े निवेश से यहाँ पर बचने की सितारे सलाह दे रहे प्रेम संबंध में ईगो के कारण अहंकार के कारण तनाव की स्थिति काफी बन सकती है हालांकि इस दौरान स्थिति में सुधार की भी उम्मीद है वैवाहिक या घरेलू जीवन में जल्दबाजी से आपको बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं और प्रिय लोगों के साथ शांति और आ, सम्मान से बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतिरिक्त ध्यान देने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं इनकी आवश्यकता रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए सूर्य सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिएगा साथ ही साथ रविवार को गाय को गुड़ जरूर खिलाइए बढ़ते हम अपनी अगली अंतिम राशि पर हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि पाइसेस देखिए मीन राशि से छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है और उनका गोचर कुंडली के पहले स्थान पर हो रहा है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जन्मकुंडली का प्रथम भाव बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और हम इसे लग्न भाव के नाम से जाना जो है जानते हैं प्रथम भाव या लग्न स्थान का संबंध व्यक्ति के शरीर से शरीर की बनावट से आपके चरित्र से महत्वाकांक्षा से आपकी संरचना से स्वयं के द्वारा कितना प्रयत्न करेंगे आपका स्वरूप कितना होगा मनोवृत्ति मस्तिष्क संतोष बल कीर्ति और मनोबल आपके अंदर कैसा रहेगा इससे होता है मीन जो राशि के जातक हैं लग्न में ही ये गोचर हो रहा है तो इस गोचर में देखिए कैरियर के क्षेत्र में कुछ उठापटक की स्थिति बनते नजर आ रही है इस दौरान कार्य स्थल पर अहंकारी स्वभाव से यहाँ पर बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं और अपने वरिष्ठ और उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर करने का प्रयत्न करने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी से बात विवाद में लड़िएगा झगड़िएगा नहीं व्यापारिक सौदों से लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी हालांकि इस दौरान सहयोगियों अथवा साझेदारों से वांछित लाभ मिलने की संभावना थोड़ी सी कम ही नजर आती है प्रेम के के के मोर्चों पर सूर्य प्रतिकूल प्रभाव देखने को को को मिल सकते हैं इस दौरान अपने गुस्से काबू रखिएगा और रिश्ते बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे विवाहित जातकों के लिए सूर्य देव का यह गोचर जो रहेगा ये औसत रहने वाला रहेगा और उनका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता सौहार्दपूर्ण बना रहेगा छात्रों को दोस्तों से वंचित परिणाम और सहायता प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा आप कोई छोटा सा काम करेंगे और उसमें बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे आ, सामाजिक दायरे में भी ये गोचर सुधार की संभावनाएं दिखा रहा है सूर्य के मीन राशि में गोचर से मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं के पुनः उभरने की संभावना से नहीं किया जा सकता उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का प्रतिदिन आप लोग जाप करिएगा साथ ही साथ आप लोगों को हर रविवार नमक को एवॉइड करना रहेगा भगवान भास्कर को अर्घ दीजिएगा आदित्य हृदय स्त्रोत का हर रविवार तीन बार पाठ करिएगा तो दर्शकों कैसा लगा ये हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार